दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेपशॉप से जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके पर्यटन की दृष्टि से एक अलग पहचान बनाता राजस्थान का एक शहर राजस्थान की कला और संस्कृति को ये शहर अपने किला और मंदिरों के लिए जाना जाता है यहां की इसकी खूबसूरती को और भव्यता प्रदान करती मालवा के पठार के एक छोर पर बसा जनपद जिसकी स्थापना अठारवी शताब्दी के अंत में झाला राजपूतों द्वारा झालावाड़ और झालरापाटन नामक दो पर्यटन स्थलों से की गई इसलिए इसे जुडवां शहर के नाम से जाना जाता है झालावाड़ इस शहर को एक नई पहचान दिलाता एक नाम सेव शॉप की दुनिया का उभरता सितारा डायमंड लीडर सीताराम महिडा में मजदूरी करते टिवडी झालाबार के श्री गोपाल लाल और उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी अपना गुजारा करते के घर चार सात बड़ी संतान सीताराम का जन्म दो छोटे भाई हैं बचपन पिता के साथ खेत की की से शुरू हुआ और शिक्षा शुरुआत विद्यालय से से 6 12 सीनियर सेकेंडरी स्कूल से उत्तीर्ण किया फिर पीजी कॉलेज झालावार से बीए की शिक्षा पूर्ण की घर में सबसे बड़े और राजस्थानी परिवेश के कारण मात्र 21 साल की उम्र में श्रीमती श्याम देवी के साथ विवाह में बंध गए 28 4, 1996, जब सात फेरे नई घस्ती की शुरुआत हुई तो जिम्मेदारी को निभाने पिता के साथ खेतों में मेहनत करते पर यहां आय की कमी आड़े आई तो पढ़ाई का लाभ लेने नौकरी करने का विचार किया एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करने लग गई काम ज्यादा था पर आमदनी कम 24 घंटे काम और कोई रास्ता नहीं था 15 साल 15 साल पेट्रोल पंप पर काम इन में सीताराम और जीवन के पिता बने तो नौकरी छोड़ने से पहले डर हावी हो जाता पर एक दिन रिश्तेदार श्री राम भरोसे के माध्यम से शॉप का प्लान जाना एक डर के साथ एक उम्मीद देख विजय सर के सानिध्य में ज्वाइन कर ली। कुछ थोड़ा बहुत तो मिलेगा। तो काम को करना शुरू किया पर बिना ज्ञान किसी भी व्यवसाय को नहीं चलाया जाता लोग मना करते सपने उम्मीद ने दामन छोड़ना शुरू कर ने ट्रेनिंग का सहारा दिया और मोटिवेट करते रहे अब सपनों की लकीर गहरी होने लगी सेफ शॉप पर यकीन होने लगा धीरे धीरे वो अपने काम में लगे रहे जो ऑफलाइन से सीखते वो डाउनलाइन तक पहुंचा पहुंचाते समय ने करवट बदलना शुरू किया बातों में आत्मविश्वास जगा तो टीम ने भी तैयारी पूर्ण की यही टीम दस हजार के आंकड़ों को पूरा कर उन्हें बना रही है झालाबार राजस्थान का पहला डायमंड लीडर सीताराम महेडा सिती है, सिती है, सिती है, सिती, सिती है। लोचना दिगंबराये अति विशिष्ट विराट रूपमूपम सुखम प्रदाता सदा वसंत मन शिवा देवर्मे Hello from my backyard the dolphin is happy I'm the sailor that is going to me right now no yeah no yeah no yeah no yeah सिस्टम विराट रूपम सुखम दाता